मरद पार्ट टू स्वागत है हमारे चैनल पर हाँ हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप कौन हाँ डॉक्टर साहब हम सरिये से बुलाइए हाँ हाँ आ रहे हैं दो मिनट में डॉक्टर साहब हमारे की कहदी आओ हाँ घबराई मत मैं जल्दी आ रहा, रहा हूँ ये शराब पीते क्या शराब ये जाने दारू पीते थे जिसके कारण किडनी खराब हो गया है मैं कुछ दवा दे देता हूं, उसको टाइम पर खिला ठीक ठीक हो जा, हाँ, हाँ, ठीक हो जाएगा जाएगा यही दवा सुबह शाम खिला ठीक ठीक हो जा, जा, जा, ठीक हो जाएगा जाएगा कितना पैसे ज़्यादा खिलाजिएगा बीस रूपए आराम से तो खाना खाना ले, थी। खाना ले भर ला। अगे मंगरी तो हाथ के खाना खेला के बाद पेट न भरते हमारे रा दवा या को कौन दवा होगी पापा तो 2 घंटा से प्यासी तो नादानी तो रखो कीढ़निया फैल भगे वाला सब दवा का जो डॉक्टर वाला करसिया तो तो ठीक तो भेगी आगे किसी बोलो मच्छर कीढ़निया फैल की तो जब से दिन से दरवा पिए हले ना सब है तोरा तीन प्रभाव पड़ला तोरा कहते रहिए कि दरवा ना पी ना पी और मान ली तो तने क्या पता आगे बगरे आप अपने आप बेदरवागी अब हम तो खाते हैं जीभों के जीभों पर लाज चाया लेंगे। अब न बरसाई से चरन पर बैठे हुए हैं। अब हम तो रात तकलीफ रात वाले भगरे। अब न बरोड़ आपे बक्तूर के लिए खाए होंगे। समाते वाला समाज। ये मंगरी दिन जाए के अच्छा थी, थी। थी, थी, से से से ना के के बाहर चीज़ अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक लेकिन हम सब और और हैं आराम लखन आर्मी कॉमेडी आर में कॉमेडी अरे साला वो हमार खेल, खेल वो को सुबह खेलते पकड़ ले रही चौबीसो घंटा पकड़ ले रही सरबा रे सर तू ज्यादा बोल भी रे कल खेलो खेलबो खेल तोरो खेल खेल तो साला में तो ता आज तो हम तूने तूने धोखा दिया तू बड़ा रे। बड़ा सब हाँ। सब के रे सब देखी फैत गा नीचे से आय तो आय दो चल ले 1-1 रुपेस भेट दियो लेकिन 5 रुपेस तो तने तो भेट जाय ले ले चलो ग्लू इट्स अ गोल्डन चल शो करा दे ना लाखा तो भी देर ना ना चल चल शो करा ले ये बरे जितलो ट्राली काई पैसो तो ले ले ई भला रे पैसो तो है भौजी वाला विटामिन वा काम करते जो हमरा मजा नडी छगो हमरा हरेक मन न से चल ना ना जो जो हरेक मन नला जानो ये हरेक माह लोटे ना लोटेगा उसे दस सो डलियो बस चाल तो नहीं गयी दीदी यो बात करो साला ये दरवाज़ सेंट हो यार लोग ख़सी नहीं है भी आओ ये पी के, के साला लिमिट बस पीपुल लिमिट बस जी के साला मंग्रे पता ना चलो कुछ क्रिया करियो आह ए पुत्रा का पुत्रा का पुत्रा का हो पुत्रा का पुत्रा का, पुदरा का? का। कने तो अच्छा गम्मे यार। जोते ले मैया बाबा कल हार जुते लगाया कल दोनों रुपे ले, हम्म, बाहु पैसा कितना था सौ रुपया? अच्छा ले, बाबा कल हार जुते लगाया कल दोनों रुपे ले। सर वापिस एक बार दांस ना करे कहीं पियू है बेटी चब घरवाला। तो ये रे पिकअप क्लिक एम आई एमित भरती है एमित भरता था भाई यार मां में ए मंगरे खाली खाली कदम फिर तब ये तो अगे मगन सबरे जल अगर बिबी के साथ गद्दारी कीजिएगा तो इसी तरह पेड़ पकड़ना पड़ेगा मेरा भाई हाय गाइस। नमस्कार तो आपका स्वागत है लखनऊ कॉमेडी चैनल पर तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जितना हो सके उतना हम लोग को सपोर्ट करें और अभी हम लोग को सपोर्ट की जरूरत है तो आप लोग भी कुछ बोलिए लाइक करे वीडियो को शेयर करें तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय मह